हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम निकाल जाएंगे तो आज वो दिन आ गया है हम जो है न निकाल जा रहे हैं तो वीडियो में पूरे बने रहें ना क्योंकि मजा आने वाला है तो अब हम निकल रहे हैं और मिलते हैं आपको वहीं पर तो आ, अभी नीडियो तो भाई अभी निकल गए हम घर से जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं नैनीताल तो यार आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब गला दूरी गला ख़राब हो रखा है घर पर शादी की आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम शादी के लिए घर पर वो तो थे चार सौ भर शादी में ये सिंगल रोड है और मेरे गांव से पड़ता है नैनीताल एक सौ बीस 120 किलोमीटर में लगभग ज़्यादातर तो वो लगभग सिग्नल वे रोड है वहाँ तक मैं मिताल तब आप हो गए तो दिखाऊंगा मैं आपको तो क्योंकि आप लोगों की वजह से जा रहा हैं बस तो थोड़ी तबियत की खराब है तबियत ख़राब नहीं रही और तो आप समझ सकते हो कि वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो अभी भी मेरी तबियत इतनी वो है फिर भी मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ आप लोगों के प्यार में तो गाइस वीडियो को पूरा देखना आप जैसे दिल्ली से आ रहे हैं तो उधर पर होकर भी आ सकते हैं काशीपुर होकर भी आ सकते हैं बट ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि मुरादाबाद से टांडा और जी दड़ियाल बाजपुर होते हुए जाता है बट सिंगल वे है ये तो शॉर्टकट है बट सिंगल वे है तो यहाँ से जो है बंदा जल्दी पहुँच जाता है बाकी रोड अच्छा है गड्ढे बड्ढे नहीं है एकदम अच्छा रोड है तो बाजपुर होकर सीधा काला ढोंगी से आपको जो है नैनीताल पहुँचा देता है और तो गाइस अभी हम आ गए हैं उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे ये रहा यूपी और उत्तराखंड का तो बॉर्डर हमारे पीछे जरा गया यूपी रह गया अब हम एंट्री कर रहे हैं उत्तराखंड में तो गाइस अभी नैनीताल रह गया तिरसठ किलोमीटर जो कि हमें दो से ढाई घंटे लगेंगे हो सकता है तीन घंटे भी लग जाए क्योंकि पहाड़ी पर जो है ना, पहाड़ी पे गाड़ी जो आप ना तो तेज़ तो तो चला सकते हो तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है किलोमीटर तो बहुत कम है बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी हो गया है स्टार्ट जंगल खतरनाक वाला क्योंकि हम अभी बासपुर से भी निकल गए और कालाढोंगी पहुंचने वाले हैं और आपका नैनीताल रह गया फोर्टी किलोमीटर तो 10 किलोमीटर बाद तो हम जो है चढ़ाई शुरू कर देंगे जो कि पहाड़ वहां से स्टार्ट हो जाता है अभी फिलहाल जंगल ही शुरू हुआ है तो ये जंगल वैसे डर वाली तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें जंगली जानवर रहते नहीं है ना वैसे ही रात में नाइट नगर ना आओ ना बाइक पे बारह एक बजे तो थोड़ा सा डर लगता है खुद को भी थोड़ा लगता है कि यार मान लीजिए कुछ होया नहीं हो फिर भी अंदर से ना एक डर सा बना रहता है यार कोई दिक्कत होनी हो क्योंकि बाइक का ना खतरा ही होता है आप कार से आ रहे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं कार से आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है है, है है क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल, जंगल तो अभी फिलहाल इतना कि जंगल जो है हो गया, और जंगल में मिले हमें बंदर राजा जो मजे ले रहे हैं इधर तो भाइयों अभी यहाँ से हो गया जंगल स्टार्ट बाजपुर से निकल गए हैं और कालाढोनी पहुंचने वाले हैं तो बीच में जो स्टार्ट है ना काला से पहले जो है जंगल शुरू हो जाती है तो भाई अभी आ गए हैं हम नैनीताल के मोड़ पर हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे क्योंकि हल्द्वानी अल्मोड़ा नैनीताल यहां से जो है ना कट ले लेंगे हम इधर को नैनीताल के लिए अगर आप बाइक से आना चाहते हैं ना तो ये आपके लिए शॉर्टकट एरिया है यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे ज़्यादा घूम भी नहीं है और आपका आपको हल्द्वानी नहीं जाना पड़ेगा ट्रैफिक से बच जाएंगे आप तो ये जो है ना यहाँ से जो है ज़्यादा जाते हैं कुछ लोग हल्द्वानी जाते हैं उनका टाइम भी ख़राब होता है फिर उस साइड से जो है पहाड़ भी ऊंचे-ऊंचे हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है घूम भी ज़्यादा है और ये साइड जो है थोड़ी आसान है तो हम फिलहाल तो इसी साइड से जा रहे हैं अगर आप भी आना चाहते हैं और अगर आप भी आएंगे, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसी रोड से आएँ क्योंकि ये रोड जो है ना बेस्ट है बाइक हो या फिर कार हो उसके लिए सबसे अच्छी रोड है तो बस यहाँ से हो पहाड़ी स्टार्ट और आप जो है हम ये पहाड़ी स्टार्ट हो गई है और बाइक भी हमारी अभी से ही कहने लग गई है कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो मुझे तो अभी हमारे आगे तीन गाड़ियाँ चल रही हैं और ये हो गया है पहाड़ स्टार्ट थोड़ा थोड़ा तो मज़ा आने लगा है और मज़ा आएगा आपको भी मज़ा आएगा तो वीडियो में भाई एंड तक बने रहना काफ़ी मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जाना है ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे जो घर हैं पहाड़ पर ये भी एक गांव है ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे घर हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और जहाँ नज़र मारेंगे आप पहाड़ी पहाड़ कितना प्यारा भी है यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा है देख रहे हैं आप ये बहुत ज्यादा ना लैंड हो रखी है ये ना पहाड़ टूट टूट के गिर रखे तो अभी फिलहाल में अगर कोई आ रहा है ना तो भाई बहुत ध्यान से आना तो कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए देखो ये देख रहे है अभी पूरा रोड कट गिर चुका है नीचे को ऊपर से यहाँ से काफी मिट्टी गिरी हुई है तो रोड भी बंद हो रखे है बहुत प्यारे लग रहे हैं ये पहाड़ जो है ना यहाँ से ये लाल कलर के पहाड़ हैं बट बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का आपको दिख ही रहा होगा ये है गांव कितना प्यारा गांव लग रहा है यहाँ से आपको ये देखिए ये पहाड़ के किनारे पे है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है हम अभी बहुत ज्यादा ऊपर आ गए और ठंड भी बहुत ज्यादा लगने लग गई है भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे कि हम नैनीताल आए और ग्लव्स नहीं ले पाए तो हाथ तो, तो पूरे ठंडे हो गए पूरे सुन्न हो गए इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है हाथों में तो इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा नैनीताल जाते ग्लब्स खरीदने पड़ेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है वरना हाथों तो काम करना बंद हो गया भाई बहुत ज़्यादा हाथ जो है न चलना बंद हो गए एकदम ठंडे हो गए एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो लग रही है ना यहाँ पे तरफ जैसी ये रहा झरना बहुत शानदार लग रहा है थोड़ा कम पानी है बट अच्छा लग रहा है पानी गिर रहा रहा है है इधर ये ये भी अंडरग्राउंड पानी पानी निकल की टंकी नहीं है बट इसी झरने में से निकल रहा है पानी बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी ठंड लग गई है अब तक तो जैकेट नहीं पहना था बट अभी जैकेट पहन लिया है क्योंकि ठंड लग रही है यार पहाड़ों में आ गए तो ठंड लगना मामूली बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और मुझे भी ठंड लग रही है एक तो पहले से तबीयत खराब बट मैं तो जैकेट बहुत मोटा पहन का आया हुआ हूँ बट मज़ा आ रहा है आशिमा आपको कैसा लग रहा है अभी तो ठंडी लग रही, लग लग रही <laughs> आशिमा बोल रही है मज़ा भी आ रहा है बट ठंड भी लग रही है तो यार मज़ा तो आएगा बहुत प्यारी जगह है तो चलिए आगे चलते हैं ये नैनीताल का फर्स्ट पॉइंट है जहाँ आप रुक के टी कॉफी कुछ भी लंच ब्रेकफास्ट और तो यहाँ तक कि ये यह लोग यहाँ पे रूम भी मिलते हैं रूम भी अवेलेबल कराते हैं आपका यहाँ पे आप रात भी रुक सकते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से आप 25 किलोमीटर आगे नैनीताल रह गया तो हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें तो सीधा नैनीताल ही रुकना है और चलते अंदर कुछ खाते हैं और फिर चलेंगे आगे खाते तो बस अभी मेरे फर्स्ट ब्रेक एक चीज और आ रही है काशी भी आ गई है मेरी य रही है ये ब्लैक टी पिएंगे, मैं दूध वाली पीऊँगा थोड़ा लौंग डाल के मैंने बोल दिया भैया वो थोड़ा लौंग वगैरह डाल देना क्योंकि यार मेरा ना गला बहुत तो ज़्यादा दर्द कर रहा है थोड़ा लौंग वगैरह काली मछी डली होगी तो नहीं करेगा तो मैंने बोल तो दिया यार देखो इसमें है काली वगैरह है ना हाँ तो शायद मेरे लिए आई है डाल के आने वाली है मेरे लिए उसके बाद आपको आगे तो कुछ इस तरह का रात में ये दिखता है नैनीताल और ये देखिए इतना खूबसूरत देख रहे हैं ना ये जो जल रही हैं ये पहाड़ पर घर हैं ये पूरे में जो है पहाड़ पर घर हैं और ये बहुत ही शानदार लगता है नाइट में बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम चमक रहा है पूरा पहाड़ ये पूरा ऊंचा पहाड़ है इस पर सारे पे घर बने हुए हैं तो कुछ इसी तरह रात में नैनिकाल दिखता है